सो हाई एवरी कैसे हैं आप लोग स्वागत है मेरे एक न्यू फ्रेश ब्लॉग में उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया हो और ये क्या मेरा फर्स्ट ब्लॉग है मतलब नया ब्लॉग है और ये मैंने पहली बार इस चैनल पे अपलोड किया है और मतलब YouTube पे भी पहली बार है तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बरसाइए और देखिए मैं वीडियो डाल रहा हूं नया नया से और यहाँ पे देख सकते हो ये मतलब हम लोग का पीछे का है साइड का देख सकते हो सी तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय